Oh God, one more remix. Oh, dil thand gaye, aur di paja hai. Oh, dil thand gaye, di paja hai. Beats on the road. लड़ जाए हो करके इशार हो लड़की ही लड़की ही लड़की ही